चलना काट ले आज मेरे ना होते वाव चाकू भी ना होते ले, ले, ले चार। ले चार। ना होते वाव अबे ग्राम ले चलो रूप लाल के मार्क में कुटिया मिले चलो रूप लाल के कुटिया मिले चलो ले चल चल चल ले चल ले करा ले चल वाह बाहुआ पहले रूपलाल के कुटिया में किनो हो रही कि हो रही पता लागत हो भगत जी हो देखत एकरा की भ गेलै हो देखत न हय न पहले पहले न बैठा ए बैठ पहले बैठा एकरा चल बोल की होलो से न हय देबौ कथि न होइ देबी न होइ देबौ न होइ देबौ न होइ देबी न होइ देबौ कथि न होइ देबी न होइ देबौ कल न होइ देबी न होइ देबौ कथि न होइ देबी न होइ देबौ न होइ देबौ और पहले डल वाला खान हडल वाला खान और बजा हे मैया कोई बोल आई है है ना तू ये तुराप रोब्लम किया हो उसे आय आय आय आय आय आय आय बोल आय आय ना होए देखो ना कौथी तू ना होए देखो ना होए देखो आय तू कौथी ना होए देखो बियाह ना होए देखो कल्ला ना होए देखो जब रात में आसिर प्रयोग करके बियाह करेंगे ना होए देखो केकरा से पसेट हो आय बोल बोल तो आ की प्रॉब्लम हो से बोल जल्दी बता कथी न होइ देबी बियाह न होइ देबो केकरा से क बियाह न होइ देबी लुलिया से हाय लुलिया तो से लुलिया तोहर के हमर गर्लफ्रेंड ओकरा की होले न होइ देबी ऐसा सब सेटिंग रहे पहिले से जे तो तू की भी करल को मारे जाय छै केकरा से कर जाय छै लुलिया लुलिया के कर जाय छियै आ 灯带的味道啊来来<笑> <當天的那個時候還好。笑> तो ठीक हो जाओ तो बच्ची देख। केला के पत्ता लेके तैयार हो। केला के पत्ता लेके तैयार हो भी ना। हाँ। भूलवा ही ना ना। ना। तो चल। गंगा जला। अच्छा। देखों चल। उठ। बैठिए। अच्छा तगंग। चल। ले गंगा जल हो। अरे अच्छा। हाँ पांच दिन खिये ठीक हो जाए बोल तक ये न बोल के राइल है ए बाछी हौ हां ए बाछी बाछी बाछी की करब हम कितना दिन के बाछी हो जे पा हो 80 साल के बाछी है इतनी को बाछी तो 180 साल के हां आहो 12 की बाछी के कितना दिन ले गए हम तो आ, हुँ। आ।, हुँ। आ, हुँ। आ, हुँ। आ <laughs> एक सौ पाँच दिन ले <laughs> <laughs> तेज तो <laughs> ना कहीं <हा? laughs> देखो ना बा <laughs> <laughs> <laughs> आ गेस बढ़िया राय हाए ये कटरी ना कपू आ गे अमर पाली दुबे हाए ये काजल रघुवानी आ जो तोर बात ठीक हो बोल ठीक होती छिपी तो जो तोर तोर तो जो जो जो छत तो ले ले तू के आइए दी बाई कर जो भैया प्रणाम नमस्कार हम नटंकी बज बच्चे लाल यादव अगर हर कॉमेडी अगर बढ़िया लगी तो लाइक करी सब्सक्राइब करी लाल बटन के दवाई और घंटी के दवाई जौन की हमार वीडियो रे पहले पहुंची और कमेंट में बताई कैसन लागल है और कमेंट में बताते रही कि कौन कौन वीडियो चाहिए उ प्रकार के हम वीडियो दे हम नमस्कार धन्यवाद